I'm wondering दोस्तों आपने दीवारों पर लगे सीसीटीवी कैमरा तो कई बार देखा होगा मगर की आपने कभी हवा में ठहरा हुआ सीसीटीवी कैमरा देखा है नहीं ना चलिए कोई बात नहीं आज हम आपको उसे भी मिलवा देंगे ये है मून बाय वन रिंग ये दुनिया का सबसे पहला लेव डेटिंग स्मार्ट कैमरा है जिसे लगाने के बाद आपके घर का चप्पा चप्पा आपकी आंखों के सामने होगा दोस्तों सिक्योरिटी कैमरा को फिट करने के लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं और ना ही किसी वायर या फिर मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी ये एक ब्लूटूथ कैमरा है जो है वो भी कंटिन्यूस मोशन के साथ दोस्तों आप इस मोबाइल ऐसी कंट्रोल कर सकते हैं और जब मन हो किसी भी डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ अपनी उंगलियों के इशारे ऐसी दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है इसकी डिजाइनिंग जो मैग्नेटिक फोर्स के साथ ग्रेविटी को भी मात दे देती है और बात करें इसकी कैमरा क्वालिटी की तो ये फुल एचडी एच सेंसर्स के साथ पिक्सेल एरिया को कवर करता है जो बाकियों की तुलना में काफी ज्यादा होता है और इसकी वाइड एंगल लेंस फॉर्मुला अंधेरे में भी सब कुछ कैप्चर कर लेती है शायद इसलिए इसका नाम बोन रखा गया हो और इतना ही नहीं दोस्तों इसमें बिल्टिन माइक्रोफोन भी है जो कैमरा के आसपास के सारे वॉइस को डिटेक्ट कर लेता है दोस्तों वेदर को भी सेंस कर लेता है और आपको नोटिफिकेशन देता है की आपने एन छोड़ दिया है या फिर आपके घर में आग लगी हो अब भलाई किसी गार्ड ऐसी कम थोड़ी न